हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है अभी सी न्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैक्सिमम लोग पता नहीं कब से तो फ़ोन चला रहे हैं लेकिन उनको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है कई बार हमारे पास किसी का कॉल आता है हम कॉल कर रहे होते हैं कॉल पर बात कर रहे होते हैं कई बार हमारी बात इतनी लंबी हो जाती है मान लो दस पंद्रह मिनट आधे घंटे की तो बीच में हमारे पास कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज मतलब कॉल आती है हो सकता है हमारे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या कोई ऐसी सीरियस इंफॉर्मेशन हो जो आपको अर्जेंट रिसीव करनी होती है मतलब आपको पहुंचनी बहुत जरूरी होती है लेकिन आपका कॉल क्या होता है बेटे उसमें बिजी चल रहा होता है कॉल बिजी कॉल बिजी वो सामने वाला परेशान हो जाता है अभी इस कंडीशन में मैं क्या करूं फोन कट करता दोबारा लगाता है फिर बिजी आ जाता है और कई बार फ्रेंड हमने देखा है अभी बहुत सारे फोन में ऐसा होता है अभी कॉल कर रहे होते हैं उसके बीच में ऊपर से एक पॉप पी आपको ये पर्सन या बंदा ये बंदी आपको कॉल कर रहा है अगर आपको जल लगता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसका कॉल आ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप उसको होल्ड रख के उसको आप रिसीव कर सकते हो तो कई बार किसी फ़ोनों में ऐसा होता है भी उसका ये ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं होता तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके उसमें एक्टिवेट है तो बहुत बढ़िया अगर आप उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो कैसे करो अगर आपका डीएक्टिवेट है आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हो आप चाहते हो भी मेरे अगर मैं किसी को कॉल करूँ तो मेरे पास भी ऐसा मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाए कि अगर कोई मुझे कॉल कर रहा है तो मेरी वीडियो को कम्प्लीट देखना जी पूरा कम्प्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ्रेंड बहुत ही जरूरी होता है हमारे घर में या आसपास बहुत सारे ऐसे यार दोस्त होते हैं या अपने होते हैं जिनके साथ कोई अर्जेंट होता है भी हमें कॉल करनी पड़ जाती है लेकिन हमारा फोन तो हम किसी और के कि साथ लगे हमारा फोन तो बिजी आ जाता है तो आज की वीडियो देखना मैं आपको बताता हूँ इसको आपने कैसे एक्टिवेट करना और कैसे एक्टिवेट करना देखिये फ्रेंड मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जहां पे आपने फ्रेंड क्या करना है, है? जहाँ पे आपने क्या करना है जहाँ फोन के ऊपर जाना है फोन के ऊपर जैसे हम चले गए तो जहाँ एक सेटिंग ऑप्शन रहता है ठीक है फोन सेटिंग के ऊपर जाके आप जहाँ से भी निकाल सकते हो आप सेटिंग में जाके कॉल सेटिंग के ऑप्शन पे भी जाके आप इसको निकाल सकते हो जब कॉल सेटिंग में फ्रेंड हम चले गए तो जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है मैं एक एक ऑप्शन के बारे में आपको तो वीडियो बना दूंगा जो आपके काम की होगी फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉल वेटिंग के बारे में ठीक है फ्रेंड मतलब कि जब भी हम कॉल करें हमारा फोन बिजी ना आए हमारे पास उसका पॉप अप आ जाए दूसरी अगर कॉल कर रहा है मान लो मेरे पास दो सिम है अगर हम दोनों सिम पे करना चाहते हो जो मेरे पास जियो का सिम है जहाँ पे हमने क्या करना है जहाँ इसको कॉल वेटिंग हमेशा जिसका ऑफ रहता है तो होंगे तो जहां से अपने एयरटेल का, का है एयरटेल का भी अगर हम इसको कॉल वेटिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं जो मैंने दोनों पे एक्टिवेट किए हुए हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है फ्रेंड तो इस वजह से आप भी यहाँ से इसको एक्टिवेट करके रखना है ठीक है फ्रेंड अगर आपको जहां से ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फ्रेंड आपको मैं ये सेटिंग से भी दिखा देता हूँ सेटिंग में भी ये कॉल सेटिंग का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे अगर आप उसमें जाओगे तो जहाँ पे आपने कुछ नहीं करना जहाँ ऊपर सेटिंग पे सिर्फ कॉल डाल देना है ठीक है फ्रेंड जहाँ से मैं एक सी ए डबल कॉल करके डाल देता हूँ जहाँ पे कॉल सेटिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा जी देखो कॉल सेटिंग कॉल सेटिंग पर जाएंगे जहाँ कॉल वेटिंग पर जाके आपके पास जो भी सिम है दोनों के आपने एक्टिवेट करके रखो इसके बाद आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस होगी ठीक है फ्रेंड उम्मीद करना आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू फ्रेंड